हेलो फ्रेंड्स टॉटेक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जानेंगे आजब के फैक्ट के बारे में जो कि शायद ही आपको तो पता होंगे तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन भारतीय संविधान में 22 भाषाएं होती हैं फैक्ट नंबर टू 2520। फाइव टू जीरो एक सबसे छोटा नंबर होता है जो कि एक से लेकर दस तक किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाएगा तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये फैक्ट पहले से पता था या नहीं फैक्ट नंबर थ्री भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हिंदुस्तान है, जो कि का नाम हिंदुस्तान और, और तीनों तरीके से श्वास ले सकता है five, हम सभी जानते हैं की मानव फेफड़े से श्वास लेते हैं लेकिन वही कॉकरोच श्वास नली से ही श्वास ले सकते हैं फैक्ट नंबर सिक्स इंडिया में लिंग जांच के रोक के बाद भी इसकी चांस होती है और साल में चार से पाँच लाख लड़कियों को घर में मार दिया जाता है फैक्ट नंबर सेवन व्हाइट फास्टफोरस एक ऐसा मेटेरियल होता है जो कि हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है फैक्ट नंबर एट मछलियों मछलियों के हर्ट में बस दो ही चेम्बर पाए जाते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा Thank you for watching love you all and bye bye